तुम का मतलब क्या तुम कह रहे हो ये वाले चैप्टर है पूरी 2 2 2 अरे पता भागने लायक है अरे भागने लायक तो हां इसमें तुम एकदम मार दोगे तू साले आग मार के हमसे चटकाए ले तू तो तो आने का है आ ना भाई वादा कर भरोसे का भरोसा है है दोनों बार ये करेंगे लेकिन मैं दोनों बार तो तुझे पता है कि तू क्या करेगा तो गेट मत बंद करो गेट मत बंद करो क्यों नहीं बंद रहा यार नहीं दुकान नहीं रहा बंद रहा क्यों बंद रहा क्यों बंद रहा क्यों बंद रहा क्यों बंद रहा क्यों बंद रहा क्यों बंद रहा क्यों बंद रहा क्यों बंद रह मैं पहन ज़्यादा लेकिन हमारे इलाके में आ रहा रहा सॉरी चलो दिक्कत लगाएगा तेरे ले रहना हाथ हाथ, काट यार, एक बारी मार मारे न 마라 마라 야 이거 뭐야? 어 가버렸어. 어 우리 이제 끝내야 돼. 마라 마라. 맞다 빨리 풀어. 아이 이렇게 좀 मार दिया. 너 어디 숨어 달라. तो के यार किसने दिए पर मित्रो बाकी सर कपड़े बचपन